क्या बात है हाथ में लेके चल रहे हैं भाई देखो तो। दूसरी दे बोतल दे वाली भी आ गई तीसरी बोतल वाली भी आ गई बोझ में लेके लेके चल रहे हैं। दे दे तो जाम में ही रह गए टनल की बात तो दूर की सूची जरा हमको मुझे ऐसा लग रहा है ना जरा अच्छा लग रहा है मजा आ रहा है आप भी सब्सक्राइब कर देना यार आंटी तो नजर आ जाती है यार आंटी मेरी पड़ोस वाली हो गई प्रॉपर <laughs> जब मर्जी अंकल डिस्टर्ब करते रहते हैं ठीक है अंकल मौज करें मौज करें चलो जी और पूरे वहां पे दिखाना अपने गांव में इसको शहर में ठीक है पक्का ठीक है हम आपके पास भेज देंगे फुल फुल एंजॉय हो रहे हैं आप भी करो ना जाएगी अंकल तो मजा आएगा कहीं घूमने गए थे करके पता तो चलेगा जाम कितना बैंकर लगा हुआ मार <laughs> करने का मजा डर से देख रहे अंकल देखो ना कहीं मारा दोनों बच्ची भी ऐसी थी अंटी तो सोती रहती है नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। चलो जी फ्रंट का व्यू देखो बहुत अच्छी स्नो हो रही है यहाँ पे ऐसे जिस हिसाब से होनी चाहिए थी उस हिसाब की है नहीं पिछले राउंड में आया था मैं बहुत जबरदस्ती रोड पे भी यार खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा था ये देख लो